हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रावत दोस्तों आपका स्वागत है मेरी ई इनफॉरमेशन वीडियो में दोस्तों आई थिंक सो दोस्तों दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू खासकर दोस्तों ये नए ऑपरेटरों के लिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट कन्वेयर की सेफ्टी कैसे की जाए और दोस्तों अब आगे बरसात का मौसम आने वाला है उस दौरान विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने सीमेंट कन्वर या स्क्री कन्वर की सेफ्टी की आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आगे बरसातें आने वाली है दोस्तों अगर आप प्लांट चला रहे हैं और बरसात के दौरान आपका प्लांट बंद हो रहा है या होल्ड होता है उस दौरान दोस्तों आप ऐसी गलती कभी ना करें नहीं तो आपकी कन्वेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको जैसे ही आपका प्लांट बरसात में अगर बंद होने वाला है तो आपको दोस्तों करना क्या है अपने सीमेंट कन्वेयर खाली कर देनी है ऊपर खाली कर देना है इससे होगा क्या दोस्तों सीमेंट आप जानते हैं कि सीमेंट हल्की सी हवा लगने के कारण जाम हो जाती है या शक्र्त हो जाती है तो मैं आपको बता दूं जिस तरीके से क्या आप पीछे देख सकते हैं मेरे एक चौक है दोस्तों ये किसी गलती के कारण दोस्तों ये खराब हुई है इसमें बरसात के समय में भी ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पे जब ध्यान नहीं दिया किसी ने दोस्तों से सी, सीमेंट तो और होटल को तो डिस्चार्ज नहीं किया सीमेंट कन्वेयर को तो खाली नहीं किया होटल को तो तो खाली नहीं किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्या हालत हो रखी है दोस्तों कन्वेयर की इस पर दोस्तों टाइम लगा सो लगा अलग लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाई दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कट मार के खाली करें लेकिन ये कामयाब नहीं होता है। तो दोस्तों आपको विशेष इसी चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों आप अगर इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और ख़ासकर मैं ऑपरेटरों को बिल्कुल दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें तो दोस्तों आपके साथ इसी तरीके का कोई वाक़ ना हो तो दोस्तों इसी मैंने ये वीडियो बना दी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो दोस्तों आपके लिए छोटी से छोटी जानकारी दोस्तों शेयर करता रहता हूं क्योंकि दोस्तों हम लोग प्लांट चलाते हैं तो दिक्कतें भी आती रहती है तो उन्हीं दिक्कतों के आधारित पे दोस्तों में ये वीडियो बनाता चला जाता हूँ कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है ताकि किसी नए ऑपरेटर को दिक्कत ना हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में